उसे क्या तरक्की मिलेगी जो दूसरों की तरक्की से जल जाता है अजय उसे क्या तरक्की मिलेगी जो दूसरों की तरक्की से जल जाता है और हमसे जलने वालों क्यों वक्त खराब कर रहे हो हमारे चाहने वालों का नाम भी डेंजर लिस्ट में आता है